एक साब तो ये फिर मिले हुए दूर तक निकालने song ne basir kuch kar de ye tere pyar ki hai jaadu teri aa aa teri awaaz hai हूँ कि शर्म से है लब सिले हुए एक एक